छतरपुर में एक घूसखोर पटवारी को रिश्वत लेते सागर लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है पीड़ित विजय सिंह राठौर की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है पीड़ित विजय सिंह राठौर ने बताया कि जमीन के सीमांकन के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी सागर लोकायुक्त पुलिस ने घूसखोर पटवारी रोहित पटेल को 8000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है बताया जा रहा है रोहित पटेल नौगांव का पटवारी है रोहित पटेल को उस समय 8000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया जब वह अपने घर पर पीड़ित किसान विजय सिंह राठौर से जमीन की सीमांकन के नाम पर रिश्वत ले रहा था पीड़ित किसान का आरोप है की आरोपी पटवारी तीन साल से उसकी जमीन का सीमांकन नहीं कर रहा था तीन महीने पहले इसने पांच रुपए रिश्वत ली थी लेकिन अब दस हज़ार की मांग कर रहा था जिस पर आठ हज़ार की बात तय हुई और पटवारी को आठ हज़ार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया पटवारी पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है श्रीमान जी हमें रोके कम से कम तीन साल परेशान होते होते आवेदन लगाते हैं पैसा जी ले, ले लेते हैं वो सही मांग करनी होता है एक दफ़े पाँच रुपया लिए थी हमसे तो मेन रूट हमारे लिए नाप दिया था ठीक है हमने उसके लिए संतुष्ट क्यों होंगे हमें आ मेन रूट में जब ठीक है हमने मांग गए फैगे हमने आवेदन लगाओ मैंने फिर रुपया दें बोले ठीक है आपको न जाएगा नहीं न पा आज तक था सात पटवारी नाम क्या है पटवारी का जो पटेल अभी कितने हज़ार की रिश्वत दी है आज आठ हज़ार कहाँ पे दी थी रिश्वत कमरा पे कमरा पे मतलब तो रूम पे जी जी फिर लोग को तो मैं कैसे सूचना दी हम साथ में सात मतलब हम मतलब छपे थे आज हमने एक पटवारी को आठ हज़ार की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है आवेदक विजय सिंह द्वारा धारा बाईस को एक शिकायत की गई थी लोकायुक्त सागर में ये उससे उसके ज़मीन की सीमांकन के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है उसको हमारे द्वारा तस्दीक किया गया सही पाए जाने पर आज हमने ट्रेप की कार्रवाई ट्रेप आयोजित किया था और आज हमने पटवारी रोहित पटेल को आठ हज़ार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा सात के तहत कार्रवाई की जा रही है उसके निजी कार्यालय डलरी रोड वार्ड नंबर बीस में पकड़ाया था दिनांक बाईस को उसने द्वारा शिकायत की गई थी जिस पर हमने कार्रवाई की